नमस्कार राम राम दर्शकों स्वागत है आपका ज्योतिष के चैनल एक्सट्रो बसिस पे दर्शकों जो ये वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि चीज़ें ही ऐसी होने वाली हैं अब लेकिन फिर भी दर्शकों ज्योति हैं तो हमारा काम है आगाह करना दर्शकों 6 नवंबर को देव गुरु बृहस्पति का धनु राशि में संचरण होने जा रहा है गोचर होने जा रहा है छः नवंबर से चौबीस जनवरी 2020 तक बृहस्पति एवं शनि की युक्ति रहेगी और बृहस्पति और शनि के साथ आपको पता है इस समय शनि और केतु एक साथ गोचर कर रहे हैं धनु राशि में तो शनि के साथ केतु भी धनु राशि में रहेंगे जिन पर राहु की दृष्टि रहेगी केतु जहाँ रहेंगे राहु की दृष्टि तो उस पर रहेगी ही रहेगी समस्त ग्रह स्थिति एक महाविनाशकारी भूकंप का योग बना रहे हैं दर्शकों और ये चीज़ें 11 अक्टूबर से प्रभावी होंगी क्योंकि बृहस्पति के ट्रांजिट पीरियड से कुछ समय पहले ही चीज़ें देखिए परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई हैं बृहस्पति शनि एवं केतु की युक्ति का प्रभाव कुछ दिन पूर्व दर्शकों आरम्भ होगा ग्यारह अक्टूबर से इसका प्रभाव देखने में आ जाएगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ग्यारह अक्टूबर से चौबीस जनवरी दो के मध्य एक कोई विनाशकारी भूकंप आएगा दर्शकों मार्च अप्रैल 2020 में भी एक प्रबल दुखदायी भूकंप आएगा यह भी बिल्कुल फैक्ट है, जिसमें कई हजारों लाखों लोगों के लिए जो है जीवन के लिए प्रबल अशुभ समय रहेगा दर्शकों आज की जो ये वीडियो है इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा लेकिन एक चीज और रहेगी बृहस्पति शनि पर राहू की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी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 कोई समुद्री जहाज नौका दुर्घटना ये सब चीजें जो हैं दर्शकों शिप वगैरह है ये सब डूब सकती है तो ये सब चीजें होने जा रही हैं तमाम मामलों में प्राकृतिक कई घटनाएं 11 अक्टूबर से 24 जनवरी 2020 तक निसंदेह घटेंगी दर्शकों ये सब घटनाएं तो विश्व स्तर पर रहेंगी अब अपने देश भारत के ऊपर आ जाते हैं कि भारत सहित पड़ोसी देशों पर इसका क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा दर्शकों देखिए 2015 से 20 तक का जो समय था विश्व के लिए प्रबल अशुभ था ये आप लोग जान ही रहे हैं तमाम चीज़ें हुई मंदी का भी दौर आया है तमाम प्लेन दुर्घटनाएं हुई हैं ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं लाखों लोग मरे हैं फिर चाहे वो आतंकवादी घटनाएं हुई हों रक्तरंजित घटनाएं, इन सब की भविष्य हमने अपने चैनल पर की थी वर्तमान दर्शकों यदि हम परिपेक्ष की बात करें तो आर्थिक मंदी संबंधी जो मतलब जो है वीडियो थी वो हमने आपको पहले बताई थी कि आर्थिक मंदी का दौर रहेगा ही रहेगा दर्शकों मार्केट से रिलेटेड एक चीज की प्रोडिक्शन में और आपको बताने जा रहा हूँ बृहस्पति और शनि की जो युक्ति रहेगी शनि का जो नेचर है देखिए ये इस समय मार्गी हो गए हैं तो इनके क्रूरता में थोड़ी सी कमी आएगी और बृहस्पति का जो शुभद्व प्रभाव है अपनी राशि में ये थोड़ा सा कम होगा जिसका पूर्ण प्रभाव ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा शनि का जो संबंध होता है किन किन चीज़ों पर होता है तो लोहा हो गया स्टील हो गया कोयला हो गया केमिकल चीज़ें हो गई ऑयल हो गई केमिस्ट से चीज़ें हो गई दवाओं से रिलेटेड हो गई और राहू का जो सम्बन्ध रहता है दर्शकों राहू की जो दृष्टि पड़ेगी तो ट्रांसपोर्ट से हो गया मांस मदुरैया से हो गया शराब से हो गया तो निसंदेह 11 अक्टूबर से ही लोहा स्टील कोयला तेल केमिकल ट्रांसपोर्ट शराब इत्यादि में अत्यधिक तेज़ी महंगाई आएगी पेट्रोल के दाम इनक्रीज होंगे ग्लोबल वार में 11 अक्टूबर के बाद कुछ दिनों के लिए पुनः एक बार तेज़ी आएगी तो ये इन सब के शेयर के जो है मतलब चीज़ें बढ़ेंगी आजाद भारत के परिपेक्ष की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली और वृक्ष लग्न के अनुसार बृहस्पति सनियम केतु की युक्ति जो होगी अष्टम भाव में होने के कारण भारत के राजनीति के लिए भी अशुभ समय ये रहेगा अष्टम भाव जो होता है धर्म भाव से द्वादश होने तथा बृहस्पति धन धर्म के कारक होने के कारण धर्म की प्रबल हानि तथा जनता को प्रबल आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा दर्शकों यदि हम बात करें तो 11 अक्टूबर से 24 जनवरी 2020 तक और अधिकतम यदि हम बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च अर्थात मार्च 2020 तक की ये स्थितियां रहेंगी न तो विशेष रूप से आप लोगों को सावधानी बरतने की यहां पर सितारे सलाह दे रहे हैं वैसे तो 11 अक्टूबर से ग्रहों का शुभ प्रभाव आरंभ हो जाएगा जो चौबीस जनवरी तक रहेगा दर्शकों लेकिन मार्च तक की ये इसका समय रहेगा एक बात और बता दें कई प्रडिक्शन हमने जो तो पिछले उसमें बताई थी वो सत्य सिद्ध हुई है चाहे पिछले साल वो दशहरा का पीरियड रहा हो जिसमें ट्रेन जो है ट्रेन से संबंधित दुर्घटनाएं हुई हों अमृतसर में और पुलवामा अटैक की भी जो है दुर्घटनाएं रही हो कई चीज़ें थी जो सही हुई हैं सच और ये चीज़ें भी देखिए होंगी 80 से 90 परसेंट उम्मीद है कि ये चीज़ें होनी चाहिए वैसे तो हम ये चीज़ मना रहे हैं प्रभु से कि ये सब कोई चीज़ें ना हों जो चीज़ हम बोल रहे हैं ये बिल्कुल अच्छर सा, हमारी सारी बातें गलत हों लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल है भारत में भी कोई बहुत बड़ा भूकंप इत्यादि भी आ सकता है दर्शकों तो करना क्या रहेगा देखिए सबसे बड़ी चीज़ कलयुग में है जो है ये राम नाम का सुमिरन जो है ये आपको बहुत से पार ले जाएगा तो राम की भक्ति करिए कृष्ण की भक्ति करिए भक्ति में बहुत दम होती है बहुत पावर होती है भारत में कभी कभी कोई चीज़ें नहीं घटती है देखिए बाहर आस पड़ोस में आ जाएगी अब जैसे अभी पाकिस्तान में भूकंप आया था लेकिन भारत में आया हल्का या यहाँ पर उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हुई तो यहाँ दैवीय शक्ति है यहाँ के लोग पूजा पाठ करते हैं मंत्रों में बड़ा पावर होता है बड़ी शक्ति होती है महामृत्युंजय मंत्र की आप लोग एक माला का प्रतिदिन जाप करना आपसे स्टार्ट कर दीजिए आप लोगों को राहत मिलेगी बाकी दर्शकों आपके जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपके ग्रह नक्षत्र सितारे दशा महादशा योमनी दशा देख करके नक्षत्र देख कर ही पता लगेगा तो यदि आप लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार